चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको फोटो में रेड एंग्री वर्ड येलो एंग्री वर्ड और ब्लैक एंग्री वर्ड दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 ऑप्शन बी 16 ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 10 सही उत्तर देने वाले लोगों का नाम हम